तो चले शुरू करते हैं कौन कौने लोग? कहा से आते ही आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम triple kill <laughs> what'd <Wondra> you kill <laughs> dominating what a harami ho beta Sabas, my son. एज बर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने तो नहीं है। क्या मैं क्या बोला तूने एक पहले क्या बोला चल, चल। चला चलो जाके इलाज करो बाप को भेज तेरे बस की बात में स्प्रेन स्प्रे free Oh! Oh! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को